हेलो दोस्तों साइकोलॉजी हैक्स में आपका स्वागत है एक इंसान के लिए अपने किसी भी आदतों को छोड़ना या बदलना आसान बिल्कुल नहीं होता है पर क्या आप जानते हैं हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है जो कि हमारे और हमारे मानसिक स्थिरता के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम बात करने जा रहे हैं उन चार आदतों के बारे में जो आपकी जान भी ले सकती है अगर आप भी उन चार आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा नंबर वन कम्प्लेनिंग कंप्लेनिंग इजेस ऑफ जोय क्या आपने फ्रेज पहले कभी सुना है चलिए मैं बताता हूँ असंतुष्ट होने में कोई खराबी नहीं है खास करके तब जब वो हमें मोटिवेट और चैलेंज करे हमारे गोल्स को पाने के लिए पर दूसरी तरफ क्रोनिक कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और गुस्से को बढ़ावा देती है जो अगर सही समय पर नहीं रोका गया वो हमें होपलेस भी कर सकती है या आपने कभी फील किया है की कि कॉम्प्लेन करके आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गयी हो कमेंट्स में जरूर बताना सिर्फ इतना ही नहीं कंप्लेन करना आपको और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको डिस्करेज कर सकता है नतीजे के स्वरूप आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां आपको कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है और न ही आप किसी चीज से खुश होगे इसके बाद आपको अपने आसपास की खुशियाँ कभी नजर ही नहीं आएंगी और आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे और अंत में हो सकता है की ये आपको डिप्रेशन की ओर लेके चला जाए और आप चाहिए कर भी कुछ ना कर पाएं। नंबर टू टेकिंग सप्लीमेंट अनिली मैं मानता हूँ कि हमारे शरीर को न्यूट्रिय की जरूरत होती है जैसे कि की विटामिन मिनरल्स पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जब चाहे कुछ भी खा लें। आजकल के युवा कुछ ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं जिससे उनके शरीर को ताकत मिले मगर डॉक्टर के सलाह के बिना किसी भी ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है हमारे शरीर को जितनी भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती वो हमें हमारे रेगुलर डाइट से मिल जाती है हाँ अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तब लेकिन सप्लीमेंट्स बहुत आसानी से मिल जाती है हो सकता है आप उन्हें लेने लग जाओ, बिना उसकी साइड इफेक्ट को जाने असल में बिना डॉक्टर के सुझाव के किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना हमारे शरीर का वर्किंग प्रोसेस बिगाड़ सकती है और नतीजा बहुत बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है हमारी हेल्थ हमारी जिंदगी का एक अभिनन्न हिस्सा है और बिना किसी डॉक्टर के सुझाव के ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना हमारी हेल्थ और हमारी जिंदगी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है नंबर थ्री ओवर ईटिंग यानी कि ज्यादा खाना भूख लगने पर हमें खाना जितना जरूरी होता है ज्यादा खाना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है या आपको कुछ भी देते या बढ़ते वक्त खाने की आदत है हम सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हमें खुशी देती है मगर इसी खुशी के चलते हम कभी कभार जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं जो की धीरे धीरे मोटापन और अन्य शारीरिक समस्याओं का कारण बन जाता है इसके चलते आपको हार्ट अटैक जैसे गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन में एक अच्छी बात भी है कि हम ज्यादा खाना कंट्रोल कर सकते हैं मगर अपने खाने की रूटीन में थोड़ा ध्यान दें और सिर्फ उतना ही खाएं जितना की जरूरत हो और सिर्फ भूख का निवारण करने के लिए ही खाना खाएं, तो इस समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकता है अगर आप चाहें तो किसी विशेषज्ञ के संपर्क करके अपनी डाइट प्लान भी बना सकते हैं जिससे आपके हेल्थ को लंबे समय तक फायदा रहेगा नंबर फोर सुबह उठते ही कॉफी पीना आपको भी सुबह उठने के बाद कॉफी पीने की आदत है तो ये बात आप ही के लिए है हो सकता है कि सुबह की कॉफी आपको ऊर्जा प्रदान करती हो मगर सुबह उठते ही आपको अगर कॉफी पीने की आदत लग चुकी हो तो आपकी जान खतरे में है हाँ। आपने सही सुना रात को हम जब भी, भी सोते हैं, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है इसका मतलब है की आपके शरीर में पानी का कम होना अगर ऐसे में आप सवेरे उठते ही कॉफी की चुस्की लेने लग गए तो उस कॉफी में मिले हुए कैफिन आपके शरीर में पहले से मौजूद हानिकारक तत्वों ऐसी जाके मिल जाती है और ऐसा रिएक्शन होता है कि आपको किडनी या फिर लिवर की कैंसर भी हो सकती है अगर आसान भाषा में बताया जाए तो सुबह उठते ही कॉफ़ी पीना हमारे शरीर में हानिकारक तत्वों का विकास करती है सिर्फ इतना ही नहीं कॉफी पीने से हमारा दिल का धड़कन और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है कॉफी में शुगर भी होता है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और विशेषज्ञों की मानें, तो कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करना आपको एनजायटी और ओवरथिंकिंग का शिकार भी बना सकती है तो हुई ना कॉफ़ी भी आपकी जान की दुश्मन चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाएं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय